the beat count 1 2 3 i'm just like them boos is say into won't you dance with me my the place on wow. mai tum But padhi likhi ho ha padhi likhi hu main itni padhi likhi padhi likhi ho to iske spelling batao कल रात ऑनलाइन मिली है एक लड़की मैं बोला चैटिंग करेगी क्या सिंगल सेटिंग करेगी क्या वैसे तू लगे कर रही उस दिन डेटिंग करेगी क्या चानू बाबू करेगी क्या kuri ki takatin kuri ki takata kuri ki takatin kuri ki takata sarangi ki takatin sarangi ki takata chala hai aa ja aa ja aa ja aa ja jumma jumma dem your girl so fine but her breath is like she says she want to dance but she don't know how to ये हमारे अक्षय कुमार जो फिलहाल इस वक्त बहुत कर रहे हैं और ये Bobby अपने फैन के साथ क्या कर रहे रहे हैं? सो अक्षय को उठाने का टाइम हो गया <laughs> wake up Sunday. Hey. <laughs> is i want to see you back get up yar me jale us jannao kitne firdaus jann kabhi dal dal kabhi baat baat mein hawa pe hun uske nishaan dare ek ki dal hai lambarginni chalai jane o lambarginni chalai jane o sanu vi tuta de do kithe kal le kal le jaye jane leke aa she wa she talk to me kujh jaaniyat ja mainu naiyo parwa main vi tere naal saani kudi launga phasa chal phasa ke dikha phasa ke dikha mera moza nikar gayi meri zuban toot gayi yaar 3+3=8 bataiye kaise kaise galti se <laughs> <laughs> I think you look cute why can i get your number jawani teri bijli ki taar hai jawani teri aur hatla idhar aa lage 440 volt chhoone se dar lage yaar no andha hai kya dekh ke nahi chal sakta yeah कल तक मुझे घुमा रही थी आज इसे घुमा रही हो छोड़ दे दीवानगी मेरे भाई आज मैं अंधा हो गया हूं एक हफ्ते बाद तू अंधा हो जाएगा <laughs> Take. Like you want well now, like you just want now, I want you. I need like you, yeah. Three plus three equal eight. Bataye kaise? Kaise? Galatise? <laughs> <laughs> <laughs> रघ ने बनाया जी कर देखा लंबर गिनी चलाई जाने ओ, लंबर गिनी चलाई जाने ओ, भी झूठा दे दो किथे इले जाई जाने तेरे तेरे मन मन में में में में शिवा शिवा शिवा शिवा कु लाइक यू जय